ये है तुम्हारी लो क्वालिटी वाली वीडियो बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ये है फॉर के वीडियो बट अब सवाल आता है कि हाउ टू कन्वर्ट लो क्वालिटी वीडियो इनटू 4K तो इसके लिए तुम्हें तुम्हारे फोन में कैपकट ऐप को इंस्टॉल करना होगा बट इंडिया में कैपकट ऐप <laughs> बैन हो चुका है तो इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास तो इसके लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल के लिंक सेंड करूंगा उस लिंक पर जाकर तुम कैपकट मोड को इंस्टॉल डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो तो तुम्हारी जो भी टारगेट लो क्वालिटी वाली क्लिप है उसे कैपकट में इंपोर्ट कर दो उसके बाद अब तुम्हें नीचे की साइड में एक टूल बार दिखेगा उस टूल बार में तुम्हें ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे पर थोड़ा सा राइट में स्क्रॉल करने के बाद तुम्हे एक एडजस्ट का बटन दिखेगा उस बटन को तुम्हें एक बार क्लिक करना है देन तुम्हें अगेन उस एडजस्ट वाले बटन पर क्लिक करना है फिर तुम्हें कुछ और ऑप्शन दिखेंगे फिर तुम्हें थर्ड वाले ग्राफ्स के ऑप्शन पर फिर से एक बार क्लिक करना है देन तुम्हें कुछ कलर्स दिखेंगे फिर हर एक कलर को तुम्हें इन्वर्ट करना है जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया ग्रीन ये हो गया ब्लू हाँ अब तुम्हें सिंपली डन करना है फिर तुम्हें मेन स्क्रीन पे आना है और वहाँ पे तुम्हें एक इफेक्ट नाम का ऑप्शन दिखेगा फिर उस इफेक्ट नाम को तुम्हें क्लिक करना है देन फिर से वीडियो इफेक्ट्स में क्लिक करना है देन ढेर सारे विडियो इफेक्ट तुम्हारे सामने खुल जाएंगे फिर आरोप तुम्हें ब्लर वाले इफेक्ट को चूज करना है देन डन पे करना है दे उस क्लिप पर तुम्हें इफेक्ट को Then, को एडजस्ट कर लेना, क्लिप एक्सपोर्ट करना है फिर नया प्रोजेक्ट खोल सकते हो या फिर पुराने वाले को डिलीट कर दो अब तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट खोलना है या फिर उससे तुम अनू कर सकते हो ठीक है अब तुम्हें फिर से स्टोल बारे का ऑप्शन देखेगा उस ओवरले ऑप्शन को क्लिक करके जो हम यहाँ भी एक्सपोर्ट की थी क्लिप उस क्लिप को तुम्हें फिर से एक बार एज एवरले एड करना है ठीक है बाद तुम्हें एक स्प्लाइस का ऑप्शन दिखेगा उस स्प्लाइस के ऑप्शन बाद तुम्हें फिर से और एक बार ओरले को एड करना है एंड वो ओहरे होगा सिंपली एक व्हाइट ओरले ठीक है व्हाइट ओरले होना चाहिए फिर उसे स्ट्रेच कर लो फिर उसका तुम्हें फिर से एक बार स्लाइस करना है उस व्हाइट वाले को एंड उसे एज एवरले को पर इस बार हमें उसे ओवरले को करना है ठीक है और इसको तुम न, 50 टू 60 के बीच में रख सकते हो वेल्यू फिर डन कर दो सिंपली फिर जो होगी फिर तुम देख सकते हो अब जो हमारी वीडियो है रेडी फाइनली अब हमारी वीडियो जो है रेडी है अब तुम देख सकते हो ये जो वीडियो है 4K में बदल चुकी है ठीक है अब तुम ऐसी सिंपली हाई सेटिंग में एक्सपोर्ट कर सकते हो पर रिजोल्यूशन एंड रिफेम रेट को ज्यादा रखना ठीक है तो गाइस वीडियो आपको कैसे लगी हो कमेंट में जरूर बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय